ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 25 जनवरी से अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति में लगभग 41 अरब बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हम दावा कर सकते हैं कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी ने भी इतने पैसे जीवन में नहीं देखे होंगे इसकी वजह से अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गये तो आखिर ऐसा क्या हुआ की कल तक जो एशिया का सबसे अमीर आदमी था वो टॉप टेन की लिस्ट ऐसी भी बाहर हो गया वजह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पाँच सेशन में अडानी ने एशिया का सबसे अमीर होने का ताज गवा दिया दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी को तीसरे स्थान से तेरहवे स्थान तक लुटकाने में केवल पाँच सेशन लगे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस साल अब तक अड़तालीस अरब डॉलर गवा चुके हैं वही मुकेश अम्बानी ने फिर ऐसी एशिया के सबसे रईस का तमगा हासिल कर लिया है ब्लूमबर्ग के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च के ट्रिगर किए गए रूट ने पिछले सप्ताह से अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट में से लगभग तिरानवे बिलियन डॉलर का सफाया कर दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की प्रमुख कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन भी गिरावट जारी है अडानी एंटरप्राइजेज बुधवार को सत्ताईस गिर गया जबकि अडानी ग्रुप के नौ दूसरे स्टॉक तीन ऐसी अठारह के बीच गिर गए ब्लूमबर्ग के आंकड़ों आरोप नजर डाले तो पच्चीस जनवरी को गौतम अडानी की कुल संपत्ति एक अरब डॉलर थी छब्बीस जनवरी को छुट्टी थी इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ सत्ताईस जनवरी को घरेलू बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरने लगे इसका असर अडानी की संपत्ति पर पड़ा और उनकी नेटवर्थ बानवे अरब डॉलर रह गई तीस जनवरी को फिर बाजार खुला और अडानी की दौलत घटकर कर अरब डॉलर रह गयी इसके बाद इकतीस जनवरी को थोड़ा सुधार हुआ और नेटवर्थ चौरासी अरब डॉलर आरोप पहुँच गयी इसके बाद एक फरवरी को अडानी ग्रुप के शेयर हिंडनबर्ग के बवंडर में उड़ गए संपत्ति घटकर कर बहत्तर दशमलव एक अरब डॉलर रह गई। दरअसल 25 जनवरी को भारतीय बाजार खुलने से पहले अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेर और धोखाधड़ी की रिपोर्ट पेश की थी जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच गया अभी के हालात की बात करें तो अडानी ग्रुप आरोप आर ने बड़ा कदम उठाया है एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आर ने देश के सभी बैंको को निर्देश जारी कर अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी मांगी है वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने बुधवार यानी कि 1 फरवरी को अपने फ्लैगशिप एफपीओ को वापस ले लिया अडानी ने इसके पीछे वजह बताई कि बाजार में उथल फुथल मची है